चिल्ला लो जितना चिल्ला सको मैं बोलूंगा तो किसी की बोली नहीं निकलेगी चिल्ला लो जितना चिल्ला सको मैं बोलूंगा तो किसी की बोली नहीं निकलेगी और गाली गलौज नहीं देगा तो सीधे बंदूक से गोली निकलेगी हरियाणा पंजाब तो बेकार बदनाम है आओ कभी उत्तर प्रदेश रंगबाजी क्या होती हम तुम्हें बताते हैं गुंडे पे गाना बनाते हैं ना जार लिखाते हैं हमारे यहाँ पाँच पाँच साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं कल करे सो आज कर आज करे सो अब पहले ना बेटा दूध की शीशी खत्म कर लो हमें हराने के सपने देखियो तब तक